गाड़ी रेल गाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक की सड़क कही की सड़क यहाँ से वहां से वहां से जाना